आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्री पैन कार्ड किस प्रकार से बनाया जाता है तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करके हम शुरू करते हैं और आपको डायरेक्ट लाइव ही बताते हैं कि किस प्रकार से बनता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक ब्राउज़र पे लिख लेना है ई फीलिंग ई फीलिंग लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको आपको डेस्कटॉप टॉप साइट पर लगा लेना है डेस्कटॉप टॉप साइट पर लगाने के बाद ये आपको इस तरह से दिखेगी इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेंट ई पैन इस पे आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से वेबसाइट आपको नज़र आएगी इसके बाद आप ये देख सकते हैं गेट न्यू ई पैन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं नंबर ऊपर पड़े हुए हैं एक दो तीन चार तो इसमें आपको पहले स्टेप पे यहाँ पर ये आपको अपना आधार नंबर फिल करना है उसके बाद आई कंफर्म करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है तो चलिए हम आधार नंबर दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं आधार नंबर हमने फ़िल कर दिया है फिल करने के बाद यहाँ पे जो चौकोर बॉक्स था इस पर हमको टिक लगा देना है आई कन्फर्म दैट इसके बाद कंटिन्यू इस कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेप पूरा हो गया है अब यहाँ पे आपको ओ टी का ऑप्शन आएगा तो इसको आप यहाँ पर रेड कर सकते हैं और करने के बाद ये यहाँ आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा तो इसके लिए आपको कंटिन्यू करना है जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है एक ओटीपी भेजा गया तो अब उस ओ टी को आप यहां पे दर्ज कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओ हमने फ़िल कर दिया है फ़िल करने के बाद ये चौक बॉक्स इस पर आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद यह कंटिन्यू यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं जैसे ही है हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये हमारा पूरा डाटा आधार पे जो भी है तो आधार के माध्यम से ये पूरा उठा लेगा और उसके बाद आपको ये चेक कर लेना है कि आप ही का आधार है या या मान लीजिए आप ही की पूरी डिटेल है तो उसके बाद यहाँ पे आपको यह चौकोर और बॉक्स पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू का पॉपअप आएगा तो यहाँ पर आपको फिर एक बार फिल कर देना है तो देख सकते हैं ये हमारा चार चारों स्टेप पूरे हो चुके हैं और ये आपका है देख सकते हैं पॉपअप आ चुका है योर रिक्वेस्ट फॉर ई पैन हैज बिन सबमिटेड सक्सेसफुली तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट जो है पैन कार्ड की पहुंच चुकी है अब ये क्या होता है कि कभी कभी ये तुरंत ही हाल ही में भी बना करके दे देते हैं और कभी कभी ये साइड में एक दिन बाद भी बनता है चौबीस घंटे बाद तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि, कि हमारा स्टेटस मतलब क्या कह रहा है तो लॉग गो टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है तो दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है लॉगिन करने के बाद लॉगिन गो टू लॉगिन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप इसी तरीके बाहर आ जाएंगे वो आने के बाद आपको उसी प्रकार फिर से ई पैन स्टैंड स्टैंड ई पैन कार्ड पे आना है यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद लगते हैं चेक स्टेटस डाउनलोड पैन तो यहाँ पर आपको अपना वही इकनोलेजमेंट नंबर जो है ये यहाँ पर फिल करना है तो चलिए इसके लिए हम पहले कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको तीन स्टेप दी गई हैं एंटर आधार नंबर ओ और चिक एन डाउनलोड तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना आधार नंबर डालें डाल करके देखें कि आपका क्या प्रोसेस हो रहा है तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अपना आधार नंबर डाल दिया आधार नंबर डालने के बाद ये कंटिन्यू इस कंटिन्यू पे हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर एक ओ आएगा तो इस ओ को हमें दर्ज कर देना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों ओ दर्ज करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कंटिन्यू इस कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये स्टेटस आप देख सकते हैं ये हमारा पेंडिंग में हुआ है रिक्वेस्ट फॉर न्यू ई पैन मेटेड तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है ये जब भी डाउनलोड होकर के आएगी तो हम आपको इसका दूसरा वीडियो बताएँगे तो दोस्तों हम आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों